नमस्कार थे पल पल रतिया रोड पर अतिरिक्त अनाज मंडी में धान की खरीद न होने के कारण परेशान किसानों ने जाम लगाया किसानों ने सरकार के खिलाफ व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की रतिया से सुशील श्रेंगला की खास रिपोर्ट धान की खरीद न होने के कारण परेशान किसानों ने सुहाना तो फतेहबाद रोड आरोप जाम लगा कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया इसके अलावा सरकार के खिलाफ और विरोध में नारेबाजी भी की किसानों के जाम के चलते वाहनों की कतारें लंबी लग गई जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा जाम की सूचना पाकर के शहर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कंबोज मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन किसानों का जाम ऐसे ही जारी रहा किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों की फसल भी खरीद नहीं हो पा रही है जिसके चलते वे काफ़ी परेशान हो चुके हैं किसानों ने यह भी कहा कि अधिकारियों में समस्याओं का हल करने के लिए गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही किसानों ने बताया कि डीएपी खाद के लिए भी सुबह से लाइन लगा करके रहते हैं लेकिन खाद नहीं मिल पाती जिसके बाद खाद को ब्लैक में लेना पड़ता है सरकार को किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो हर बार बिना किसी परेशानी के धान खरीद के दावे किए जाते हैं लेकिन इसके बावजूद कोई भी एजेंसी पूर्ण रूप से धान की खरीद नहीं करती है द्वारा खरीद की जानी थी लेकिन अभी कोई भी खरीद नहीं हो पाई आप देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट क्या मामला सारा ये ये मामला जी बोली के लिए जमींदार एक हफ्ते से अंदर अनाज मंडी में बैठा है पहले दिवाली की चार पाँच छुट्टिया कर दी चलो चल गया आज कह रहे की आज हम बोली नहीं करेंगे क्या परसों करेंगे फिर कहते हैं हम ढेरी देख के करेंगे वो ढेरी भी देखते जो माल मंडी में पड़ा उसके लिए नहीं आते बोली के लिए फोन करते हैं फोन नहीं उठाता बोलो जमींदार और मनीम भाई हरिजन भाई जो पल्लेदार भाई बैठे हैं सारे उरे, क्या करेंगे तो प्रशासन से बात किया आपने? प्रशासन सब चुप है कोई जवाब नहीं देता तो क्या मांग और... है मांग है की हमारी बोली शुरू कराई हमारा माल खरीदे और तुल तो जान कब तक रहेगा आपका जब तक कोई प्रशासन का अधिकारी आ हमें हमारा काम शुरू नहीं करवाता क्या नाम है है ले जा। लान में लगा कोई आवे और और <coughs> कितने दिन से दिक्कत आ आ रही रही की तो जी दस तारीख को की समस्या आ रही है अगर बिजाई भी, भी करनी है अगर नया पशु बीमार हो जाता है कब तक बैठेगा समस्या पे ध्यान देना चाहिए और मौके पर निवारण करना चाहिए ज़मीदार जमींदार माल उसका अगर देखा सूखा है मापदंड पूरे करता है उसकी तुलाई कर दो बिठाने से क्या लाभ मिलता उसको ज़मीदार को परेशान करने से तो कितने दिन से दिक्कत आ रही है ये पाँच दिन से चल लगभग कोई अधिकारी नहीं आ रहा है अब आप क्या मांग करते हैं भाई मैं माल देखो तुलाओ जब ग्रे गेट पास कट चुका है डेरी देखो तुलाओ इसको बोली करवाया कर, कर अपना निफराम होगा अपना घर चले जाएंगे मजदूरों को भी काम मिलेगा भी निफराम खाद की तो हाई डीएपी की बड़ी किल्लत है कहाँ कहाँ भागे जाते है वहाँ मिलेगा वहाँ जाते हैं साथ नहीं मिल रहा है ब्लैक मेल तो है कई बार आदमी दो सौ चार सौ ब्लैक मेल भी सहन कर सकता है मिलता ही नहीं कभी मुड़क मिलेगा मुड़क जाएगा कोई कहते जखा मिलेगा कहीं कर भी कहते हैं भरवाड़ा मिलेगा है सारा दिन डीजल फूकते मारे मारे फिरते हैं हम